पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी से पहले भारत की राजनीति में एक केंद्रीय व्यक्ति थे और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे नेहरू जी बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे और बच्चे भी उनसे बहुत प्रेम करते थे इसीलिए आज भी उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है एवं बच्चे उनसे बहुत ही प्यार करते थे इसलिए उन्हें चाचा नेहरू भी कह बुलाते थे इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनके पिता एक कश्मीर पंडित थे इसलिए इनका नाम पंडित पड़ा था पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के एक राजनीतिज्ञ थे और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं तथा एक प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल लगभग 16 वर्ष साल तक का रहा नेहरू जी एक राजनेता होने के साथ साथ एक कुशल लेखक भी थे और जब कभी भी इन्हें समय मिलता था ये हमेशा पुस्तक लिखने में अपना समय व्यतीत करते थे और इन्होंने अपनी ज़्यादातर पुस्तकें जेल में ही लिखी थीं अब बात आती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म की तो इनका जन्म 14 नवंबर सन अठारह को भारत के इलाहाबाद में हुआ था उस उस समय भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था और वे एक कश्मीरी पंडित थे वो साथ ही इनके पिता कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी थे इनकी माता का नाम स्वरूप रानी थसू था और वो एक गृहिणी थी इनका जन्म एक शाश्वत कोल ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनका परिवार एक संपन्न परिवार था वो तथा ये अपने पिता की कुल तीन तीन संतान में से सबसे बड़ी संतान थी और इनकी दो छोटी बहन थी इनकी बड़ी बहन का नाम विजय लक्ष्मी था जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एवं इनकी छोटी बहन का नाम कृष्णा हटी सिंह था और वे एक लेखिका बनी यदि कहा जाता है कि नेहरू जी ने कहाँ तक की पढ़ाई पूरी की तो इसके जवाब में कहा जा सकता है कि इन्होंने बड़े बड़े स्कूल और महाविद्यालयों से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी तथा इन्होंने अपने स्कूल की शिक्षा हेरो से ग्रहण की और ट्रीनिट्री कॉलेज कैम्ब्रिज लं लंदन से इन्होंने अपने कॉलेज की शिक्षा पूरी की और फिर वहां से इन्होंने ला की डिग्री भी हासिल की इसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सन उन्नीस में ये अपने देश भारत लौट आए और फिर यहां आने के बाद इन्होंने वकालत शुरू कर दी सन उन्नीस में इन्होंने कमला नेहरू के साथ विवाह कर लिया और फिर सन उन्नीस में ये होम वूल लीग में भी सम्मिलित हो गए इसके बाद सन उन्नीस में ये महात्मा गांधी के संपर्क में आए और फिर वहीं से ये राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने दीक्षा ली सन 1920 से 22 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया जिसके चलते इन्हें गिरफ्तार भी किया गया और फिर कुछ महीनों के बाद इन्हें जेल से रिहा भी कर दिया गया सन 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए जिसमें इन्होंने एक अधिकारी के तौर पर दो वर्ष तक सेवा दी और फिर सन उन्नीस में सहयोग की कमी को देखते हुए इन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया सन 1926 में ये अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में चुने गए और दो साल तक इन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा दी इसके बाद सन उन्नीस सौ में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक सत्र का आयोजन रखा गया और उस सत्र में नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस ने पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया था लेकिन मोतीलाल नेहरू सहित अनेक नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही प्रभुत्व संपन्न राज्य का दर्जा पाने की मांग का समर्थन किया इस मुद्दे को हल करने के लिए महात्मा गांधी ने एक रास्ता निकाला और उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को भारत के राज्य का दर्जा देने के लिए दो वर्ष की अवधि दी जाए और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर कांग्रेस राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेगी पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने प्रस्ताव रखा कि दो साल की अवधि की जगह एक साल की अवधि कर दी जाए लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोई भी जवाब नहीं मिला दिसंबर सन 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया और इस अधिवेशन में नेहरू जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए और इसी सत्र में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई 26 जनवरी सन उन्नीस को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर में स्वतंत्र भारत का एक झंडा फहराया गया और इसी साल महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान भी किया तथा यह आंदोलन एक सफल आंदोलन रहा और इस आंदोलन के द्वारा इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक सुधार करने के लिए विवश कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने भारत अधिनियम सन उन्नीस सौ परिवर्तित किया तब कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और देश के हर प्रांत में सरकार का गठन किया और केंद्रीय असेंबली में भी सबसे अधिक सीट हासिल की हालांकि नेहरू जी इस चुनाव के बाहर रहे परंतु उन्होंने पार्टी के लिए अभियान चलाए सन 1936 सौ में जवाहरलाल नेहरू एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए तथा सन 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया जिसके चलते इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर सन 1945 में इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया सन उन्नीस में इन्होंने भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के दौरान ब्रिटिश सरकार के साथ वार्ताओं पर अपनी भागीदारी निभाई सन उन्नीस में जब भारत देश आज़ाद हुआ तब भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस पार्टी में मतदान हुए तब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे ज़्यादा वोट मिले और उसके बाद आचार्य कृपलानी को वोट मिले लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर आचार्य कृपलानी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया और फिर इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया सन 1947 में नेहरू जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और उस समय भारत में कुल पाँच रियासतें जिनको अंग्रेज़ों ने एक साथ आज़ाद कर दिया था अब उस समय सबसे बड़ी समस्या यह थी चुनौती यह थी कि इस इन सभी रियासतों को एक साथ सम्मिलित करके एक स्वतंत्र भारत की स्थापना की जाए और सभी रियासतों को एक झंडे के नीचे लाया जाए इस चुनौती का उन्होंने समझदारी से सामना भी किया और भारत को आधुनिक भारत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई नेहरू जी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विकास को भी प्रोत्साहित किया और उन्होंने लगातार तीन पंचवर्षीय योजनाओं का भी शुभारंभ किया इन्होंने कृषि और उद्योग को काफ़ी महत्व दिया और भारत की विदेश नीति के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने जोसी बरोज टिटो और अब्दुल गमालन सीर के साथ एशिया और दक्षिण एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद को खत्म करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की रचना की नेहरू जी ने कोरियाई युद्ध का अंत करने के लिए अंत किया स्वेज नहर का विवाद सुलझाया और कांगो समझौतों को मूर्त रूप दिया तथा अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही इन्होंने पश्चिम बर्लिन ऑस्ट्रिया और लाओस के जैसे कई विस्फोटक मुद्दों का भी समाधान पर्दे के पीछे रहकर किया किंतु नेहरू जी पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंध को सुधार नहीं पाए नेहरू जी ने चीन की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया लेकिन चीन ने सन उन्नीस में धोखे से भारत पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण से नेहरू जी को एक बहुत ही बड़ा झटका झटका लगा नेहरू जी ने एक प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास के लिए कृषि विज्ञान आदि क्षेत्र को काफ़ी बढ़ावा दिया और उन्होंने समझदारी से अपने कार्यकाल को भी संभाला सन 1955 में नेहरू जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और फिर 27 मई सन उन्नीस को पंडित जवाहरलाल नेहरू को अचानक से दिल का दौरा पड़ा जिसकी वजह से उनका निधन हो गया और फिर वे अलविदा हो गए अब बात आती है नेहरू जी के लेखन और प्रशासन प्रकाशन के रूप में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक राजनीतिक नेता होने के साथ साथ एक बेहतरीन लेखक भी थे और जब भी उन्हें समय मिलता था वे पुस्तक लिखा करते थे राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने नेहरू जी लोकमान्य तिलक के बाद बेहतर लिखने वाले नेता के रूप में जाने जाते थे लेकिन दोनों के क्षेत्र अलग अलग थे और कुछ हद तक समान भी थे नेहरू जी ने अनेक महान ग्रंथों का अध्ययन भी किया और उन्होंने अपने जीवन में अधिकतर पुस्तकें जेल में ही लिखी थीं नेहरू जी ने अनेक पुस्तकों की रचना की थी जैसे कि विश्व इतिहास की झलक भारत खोज मेरी कहानी राजनीति से दूर राष्ट्रपिता इतिहास के महापुरुष पिता के पुत्र पुत्री के नाम थे